आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो यह है की हम लोग केवल भेड़ चाल में चलने की इच्छा रख रह रहे हैं अरे क्या चाहते हो रुको क्या रहता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमसे कह रहा है तो हम तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर कुछ गलत है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए भले वो कितनी बड़ी पद बैठा व्यक्ति बोल रहा हूँ छोड़ दूँ दो दिन जो पहले एक वाक्य हुआ उस चीज पे एक वीडियो लेकर आया हूँ उस टाइप उस वीडियो ने कितना जाने कितने लोगों को डीमोटिवेट किया होगा तो एक टीवी में कथा चल रही थी तो जो मैं भी देख रहा था बीच में वो होता है ना कथाओं के बीच में कॉल आ सकते हैं किसी किसी के तो उस टाइप से एक लड़के को पंडित जी के पास में कॉल आया और अच्छे पूछ गए पंडित जी थे वो जो कथा दे रहे थे उनके पास एक कॉल आया कि पंडित जी प्रणाम यहाँ से बोल रहा हूँ हम सपरिवार आपकी कथाएं देखते हैं आपसे बहुत प्रेरणाएं मिलती है हमें इस टाइप से उन्हें पंडित जी से बातें करी स्टार्ट अब उस वो एक प्रश्न लेके आया था उसका प्रश्न यह था पंडित जी अभी कोरोना के चलते मेरे पापा को कोरोना हो गया था और काफी सीरियस कंडीशन थी तो हमने का मंत्र का जाप करवाया पंडित जी से उसके बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए ये उस व्यक्ति का प्रश्न था पंडित जी ने उस व्यक्ति के प्रश्न का आंसर पंडित जी ने सर्वप्रथम बात तो उससे क्या तुमने आस्था नहीं थी जो तुमने नहीं किया वो मंत्र जाप तो सबसे पहली बात तो अगर उसमें आस्था नहीं होती तो पंडित करवाता ही क्यों उसमें आस्था थी और दूसरी बात देवलोक से चला हुआ आ रहा है बड़े बड़े यज्ञ हवन जब ऋषि मुनि विद्वान पंडित ही करते हुए कर तो करने लग जाएगा तो आपको कौन देखेगा तो पंडित जी ये थोड़ा सा मेरा कहना है कि अगर आप कोई बड़ी पर बैठे हैं और कोई व्यक्ति आपको पूजनीय मांगता है और आपसे अच्छी जानकारी लेना चाहता है तो आप उसे बिल्कुल लास्ट तक हर प्रश्न का हल कर कर दें वो भी व्यवस्थित और सही जितने भी लोग उस टाइम पर अगर आपकी कथा देख रहे होंगे वो सब ऐसे डिमोटिवेट हो चुके होंगे कि जो भी करना है स्वयं को करना चाहिए ये थोड़ा सा गलत है अगर आप किसी व्यक्ति के नाम का कोई दूसरा व्यक्ति अगर फॉर्म भर रहा है तो वो नाम तो उसी का चढ़ेगा ना उस पर तो फल तो हर एक मंत्र का हर एक उच्चारण का मिलता ही है मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि पंडित जी ने उस व्यक्ति को इस टाइप से डिमोटिवेट कर दिया कि वो जीवन भर यही सोचता रहेगा तो ऐसी रहे रहे तो लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर हर चीज अगर ऐसी हम एक्सेप्ट करने लग गए तो ये लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ अटैच हो चुकी है और इस टाइप की चीजें हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बाई बाय टाटा